है गाइस वेलकम बैक अगेन कैसे हैं आप सब होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू अर्निंग वेबसाइट लेके आया हूं जिसके अंदर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं वो लोग जो घर में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट वा, वा करने वाली जो है एप्लीकेशन या वेबसाइट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दूँगा उसके ऊपर आप क्लिक कर क्लिक करके जो है आप उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं सो so, हमारा ये न्यू चैनल है फर्स्ट इसका वीडियो में शूट कर रहा हूँ सो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवर वेबसाइट इससे किस तरह हम अर्निंग करें तो बेसिकली ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टाग्राम है एंड उसके बाद टिकट है और यूट्यूब है और भी बहुत सारे ट्विटर है और मतलब वेबसाइट्स को विजिट करना रेडिट है इंस्टाग्राम वगैरह है टेलीग्राम है तो इन चैनल्स को फॉलो करना आईडीज़ को फॉलो करना इस तरह के सिंपल से टास्क होते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है हाउ डज एवर वर्क ठीक है तो वी वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस टू यू आवर टॉप सर्विस विच कैन हेल्प यू ईजीली ग्रो ऑन सोशल मीडिया आप इजीली जो है अपने मतलब सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स होते हैं लाइक like, uh, मतलब आपको फॉलोअर्स चाहिए आपको यूट्यूब uh, के लिए वाच टाइम चाहिए आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए यानी कि आप प्रमोट भी कर सकते हैं आप इन एप्लीकेशंस या इनके वेबसाइट्स के ऊपर काम करके अर्निंग भी कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अगर आप अपनी कोई चीज़ प्रमोट कराना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप प्रमोट भी कर सकते हैं सो so, इसमें जो फर्स्ट में होता है लॉगिन होता है फिर कंप्लीट टास्क करने होते हैं और अर्न मनी होता है ठीक है यानी कि आप अर्निंग करते हैं दैन जो है क्रिएट कम्पेन्स अगर आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं लाइक कुछ चीज़ को प्रमोट करना होता है तो उसके लिए कैंपेन आपको क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए आपको जो है इसके अंदर पहले डिपोज़िट करना होता है बाद में आपको कैंपेन लगाना पड़ता है फिर उसके ऊपर इंगेजमेंट्स होती हैं यानी कि मतलब यूज़र्स जो इसके ऊपर फ्री अर्निंग करते हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं आप जो टास्क देते हैं वो कम्प्लीट करते हैं दैन जो है आपकी जो इंगेजमेंट्स होती हैं आपकी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स की आईडीज़ डीज़ की चैनल्स की तो उसके ऊपर जो यानी कि ट्रैफिक ड्राइव यहाँ से होता है ठीक है यानी कि पेड ट्रैफिक अगर आप फ्री मर्निंग करना चाहते हैं तो टास्क को कंप्लीट करके कर सकते हैं सो तो कैसे इसके ऊपर काम करना है तो आगे मैं डिटेल जो है वीडियो में चल कर उससे पहले अगर आपने हमारा ये जो न्यूज़ चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर देख कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तो फ्रॉम यानी कि जीरो पॉइंट टू टू पर वन एक्शन ठीक है तो अगर आप किसी एक यानी कि यूज़र को या एक टास्क को कंप्लीट करते हैं तो ज़ीरो पॉइंट टू यानी कि 0.02 से लेकर 0.1 पॉइंट यानी कि 10 सेंट डॉलर तक आप इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम लाइक्स के ऊपर जीरो टू टू पर वन एक्शन इंस्टाग्राम लाइक्स प्लस फॉलोअर्स तो फ्रॉम ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू टू पर वन एक्शन यानी कि मोर डिटेल्स इस तरह के अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे डिटेल्स वग़ैरह इसके आ जाती हैं ख़ैर जब भी आप कोई किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर काम करा करें तो सबसे पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लिया करें और ट्रस्ट पैलेट का इसका जो सकोर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे जो है राइट्स भी हैं ठीक है हर तरह का और बेसिकली ये जो वेबसाइट है बलगारिया बेस्ड है ठीक है एंड उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान से भी रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान के इसके ऊपर मतलब बहुत सारे यूज़र्स के रिव्यूज़ भी हैं सितंबर है, सेप्टेम्बर पंद्रह का है दो हज़ार बाईस का और उसका रिव्यू है एंड अरशद महमूद है कोई जेन अर्निंग साइट आई वर्कड ऑन दिस साइट एंड घोट फर्स्ट विदड्रा ऑफ सिक्स डॉलर तो यानी कि अपने पेमेंट गैटवेज के अंदर भी आप जो है इसका रेवेन्यू ले सकते हैं मतलब अर्निंग ले सकते हैं ट्रस्ट पायलट का इसका जो रिव्यूज़ जा रहा है वो यानी कि चा, चार हजार सतावन रिव्यूज़ इसके ऊपर अब तक हो चुके हैं और ओवर यानी कि बारह हज़ार बारह लाख सॉरी बारह लाख तक इनके जो हैप्पी यूजर्स हैं बींग विद एंड दे आर लव आवर प्लेटफॉर्म यानी कि वो हमारे जो platform है उसके साथ प्यार करते हैं यानी कि 12 लाख ,00 से मतलब तजावज़ कर गया cross कर गया 2.4 million फोर मिलियन इसके कैंपेन्स क्रिएट हो चुके हैं एंड सात लाख पाँच हज़ार डॉलर जो है अर्नड बाई आवर यूज़र्स यानी कि उन इनके यूज़र्स ने यहाँ से अर्निंग कराए और थ्री थ्री मिलियन यानी कि एक्शन परफॉर्म्ड हुए यानी कि यूजर्स ने इसके ऊपर टास्क कंप्लीट किया नीचे इनकी डिटेल्स वगैरह बहुत सारी हैं आप इनको ऊपर कर सकते हैं अगर किसी ने इसके अंदर डिपॉजिट करा है तो रिफंड पॉलिसी भी इसके अंदर है ठीक है कि आप मतलब रिफंड कर सकते हैं एक्सटेंशन भी हैं अगर आप क्रॉम पर यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं या अपने मोबाइल डिवाइस पर कहीं भी आ, मतलब किसी भी पी वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक्सटेंशन भी इसकी यूज़ कर सकते हैं और वेरीफाइड वेब मनी भी है वेब के अंदर भी आप इसका विदड्रा ले सकते हैं And made within the Western Europe, यूरोप ठीक है एंड बेस्ड ऑन द होस्टेड इन द यूरोप यूनियन यूरोपियन यूनियन ठीक है जी तो आप यानी कि सारी इसकी डिटेल्स यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो अवेलेबल इन द क्रोम मतलब ब्राउजर तो इसकी एक्सटेंशन है यहाँ से आप इसकी एक्सटेंशन भी एड कर सकते हैं तो इसको ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है three lines लाइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं सपोर्ट के लिए इनके यहाँ पे आपको सपोर्ट ईमेल दिया गया है और नीचे यहाँ पे टेलीग्राम का इनका ऑफिशियल यानि कि चैनल दिया गया आप इसके ऊपर भी कांटेक्ट करके इनसे कोई आपकी क्वेरी वगैरह हो तो आप इनके साथ क्वेरी सबमिट कर सकते हैं एंड यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट गूगल के साथ जो है इसको लॉग करेंगे साइन इन विद गूगल जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा तो जैसे पेज ओपन होगा तो आप जो है इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं सो so, मैं यहाँ पे इसको जो है लॉग करता हूँ अपने जीमेल आईडी से तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे मेरा जो कुछ बैलेंस है बहुत टाइम पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करा था आ, लेकिन ये है कि आप अर्न मनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां से फ्री में टास्क को कंप्लीट करके अर्निंग करेंगे अगर आप इसके ऊपर कोई कैंपेन देना चाहते हैं तो एडवर्टाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका यहां पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसके अलावा जो यानी कि यहां पे आप जितने भी टास्क परफॉर्म होंगे तो सारे की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी आप थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एड न्यू कैंपेन माई कैंपेन्स ठीक है और कॉन्टेस्ट यानी कि आप यानी कि जितने भी कॉन्टेस्ट हो चुके हैं एफलीट्स हैं सपोर्ट सर्विसेज हैं नॉलेज बेस है एंड एवर एपीआई है ठीक है, है तो यानी कि इसका एपीआई भी है आप किसी के साथ इसको मर्ज भी कर सकते हैं ठीक है एंड इसके अलावा भी अर्न मनी के ऊपर मैं आपको फ्री का तरीका इसके अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने एक्शन मेड बाई टोटल यानी कि मैंने जो बारह टास्क इसके अंदर एक्शन कराए थे और अर्न यू टोटल ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के 0.01 पॉइंट जीरो वन यानी कि वन ट्वेंटी यहाँ पर यू चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप इसको अर्निंग करने के लिए आप मतलब पहले आपको मैं बता दूँ विदड्रा फ़ंड्स तो विदड्रा फंड्स के लिए आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मिनिमम विड्राइज 7 डॉलर ठीक है इसका जो और इसके ट्रांजैक्शन जो फ़ी है इसके ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो यानी कि फाइव है ठीक है एंड जब आप यहाँ पर फुट करते हैं विड्रा फंडस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ बता रहे हैं कि द मिनिम अमाउंट इज़ विड्रा सेवन डॉलर ठीक है तो इसका विड्रॉल फ़ीस जो है वो सैवन परसेंट एंड पायर एंड सैवन परसेंट फॉर अदर यानी कि सारी डिटेल फॉर अदर सिस्टम ठीक है यानी कि तकरीबन कुछ इसके ऊपर डिडक्शन होता है कटौती वगैरह होती है जितने तो भी इंटरनेशनल गाइडवेज होती हैं वो आप लोगों को पेमेंट सेंड करते हैं पेमेंट सेंड करने के लिए इंटरनेशनल जो है वो ट्रांजेक्शन फीस का कॉस्ट वगैरह पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स और इसके अलावा अभी हम टास्क कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको यानी कि टास्क मिल जाते हैं अभी जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का जो टास्क है वो 20 है यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग है और मैनुअल परफॉर्मिंग इसके ऊपर नहीं है यानी कि आप टास्क कम्प्लीट करते हैं उसका स्क्रीन या प्रूफ अगर अपलोड करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इंस्टाग्राम लाइक्स पे लाइक्स के तीन टास्क अवेबल हैं हर टाइम अपडेट होते रहते हैं कभी ज़्यादा कभी कम एंड इंस्टाग्राम लाइक्स प्लस फॉलोअर ठीक है तो यहाँ पे टास्क जीरो है लेकिन एक्टिव है ऑटो में एंड इंस्टाग्राम कॉमेंट्स में आ जाए तो कॉमेंट आपने मतलब अच्छा सा कॉमेंट राइट करना है वाओ नाइस एक्सेन्ट माइंड ब्लोइंग वगैरह वगैरह जो भी आपको लैंग्वेज आती है अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में इसके ऊपर कर सकते हैं ठीक है एंड ट्रैफिक एक्सचेंज के ऊपर बात करें तो सेवेंटी थ्री टास्क यहाँ पे अवेबल है एंड आटो इसके ऊपर नहीं है मेनूल है ठीक है आप मैनुअल इसके साथ कर सकते हैं प्रलेब्रेशन कर सकते हैं ट्विटर रिटवीट्स आपने ट्विटर्स के ट्वीट्स जो होती हैं उनको रीट्वीट करना है चौदह टास्क अवेलेबल हैं टिकटॉक मतलब फॉलोअर्स हैं तो टिकटॉक फॉलोअर्स के लिए आप यहां पे चौदह टास्क अवेलेबल हैं टिकट लाइक्स के वन टास्क अवेलेबल है इंस्टाग्राम चैनल्स फोटी यानी कि इंस्टाग्राम चैनल्स को फॉलो करना होता है ज्वन करना होता है उसके फोटी जो है इसके टास्क अवेलेबल हैं यूट्यूब व्यूज़ यानी कि इसका फिलहाल जीरो है एंड यूट्यूब लाइक थ्री एंड विक्नोटेक uh, जो है ग्रुप्स हैं इसके 73 हैं इसके पेजेस 70 uh, 47 हैं विक्नोटेक लाइक्स ज़ीरो हैं और यानी कि यहाँ पे रेडिट्स वगैरह जो सोशल मीडिया के जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिर्फ उनके ऊपर परफॉर्म पर पर पर पर पर पर करना होता है जस्ट उनके ऊपर काम करना होता है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के प्रोग्राम में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने जो है यहाँ पर पहले आपको तरीका बता देते हैं कि कैसे काम करना है ये यहाँ पर यूट्यूब का वीडियो है उन्होंने टटोरियल दिया हुआ है कि कैसे काम करना है इसको आपने प्ले करके जो है इसके ऊपर देख लेना कि कैसे काम करना है ठीक है जैसे वो बता रहे हैं वैसे आपने काम करना है ठीक है काम को जैसे आप मतलब उनकी जो मतलब डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं उनको फॉलो करके करेंगे तो आपका टास्क जो है वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो जाएगा और साथ में आप जो है यानी कि इसके ऊपर कर सकते हैं सो अभी मेरे जो ब्राउजर है लिए एक्सटेंशन नीड है तो मैं एक्सटेंशन मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया लेकिन तरीका यही है कि सब आपका जो मतलब इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं तो आपके इंस्टाग्राम का आई डी हो टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं टिकटॉक का जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपका टिकटॉक आई डी यानी कि लॉगिन होना चाहिए यानी कि जितना जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं वो उसका आईडी आपका लॉगिन होना चाहिए तो फिर यहाँ से आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको रेडायरेट कर रेडायरेक्ट करते आपके आई पर जब आपका रिडायरेक्ट होता है आई तो फिर वहाँ से ऑटोमेटिक इसको फैच करते हैं जैसे ये फैच करता है फैच करने के बाद आपका जो आई होता है वो साथ लिंक हो जाता है और आपका एक नोटिफिकेशन आता है अलाउ का अलाउ करेंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो इसके साथ एवर डॉट नेट के साथ आपका यानी के हो जाएगा लिंकड हो जाएगा लिंक्ड होने के बाद फिर आप टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं टास्क परफॉर्म करने के बाद तो आपका जो रेवन्यू होगा वो आपके वैलेट में एड होगा जब सेवन डॉलर्स हो जाएंगे तो आप वहाँ से विद्रॉ कर सकते हैं अपने ईजीली इसके वैलेट्स के अंदर पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं यानी कि विदड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली इसके अंदर जब आप इसका सेवन डॉलर्स करते हैं तो इसके अंदर आपके यानी कि अनलॉक हो जाते हैं इजी पैसा जैस कैश में वेम मनी में परफेक्ट मनी में और उसके बाद पेपाल के अंदर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यानी कि सोशल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस जिसके अंदर आप जो है पेमेंट ले सकते हैं बहुत सारे गेटवेज़ हैं ठीक है एंड उसके बाद परफॉर्म टास्क के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स दी जाती हैं यानी कि जैने आपको दिखा दी जो अवेलेबल थी वो यहाँ वाले यहाँ पे हैं ठीक है थीके? और उसके बाद कॉन्टेस्ट चलता है मुकाबला जिसको हम बोलते हैं तो कॉन्टेस्ट में भी आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्टेस्ट के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम लेफ्ट एक डेली रिवार्ड्स ठीक है तो डेली रिवार्ड्स जो है इनका अभी तेरह घंटा सैंतालीस मिनट बाकी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इजिप्ट है उसने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया है एंड यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्राजील वर्ल्ड वाइड इसके अंदर है सऊदी अरब से फिलहाल मैं हूँ लेकिन मैंने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है और एफिलेट के लिए बात करें तो जब आप एफिलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बता रहे कि यूज यू यूनिक रेफर लिंकर्स एंड लाइव मनी विद ठीक है तो अपने मतलब पार्टनर्स वगैरह फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपना लिंक शेयर करें जो यूनिक है जो मतलब साव लिंक है मतलब रियल लिंक है उसके थ्रू आप कोई एक्टिविटी आप नहीं कर सकते गेट 15% फ्रॉम योर पार्टनर्स एडवर्टाइजिंग स्पेंट एंड 25 फ्रॉम दियर यानी कि अगर आपका जो मतलब फ्री में करते हैं तो 15% अगर आपका कोई यानी कि बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है अपना कोई कैंपेन स्टार्ट करता है तो उसके आपको ट्वेंटी आपको उसका बोनस मिलेगा कॉपी लिंक के क्लिक करें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें एंड अर्निंग ऑन ठीक है जी यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेंड लेवल है फर्स्ट लेवल में आपको 10% है ट्वेल्थ लेवल पे 4, एंड थर्ड लेवल पे 1% ठीक है यानी कि अगर कोई स्पेंड करता है तो अर्निंग अर्निंग्स ऑन टास्क ठीक है लेवल वन पे 15 एंड सेवन एंड थ्री ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये डेली का यहाँ पे एक होता है और डेली का ही यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का जो है ये प्लेटफॉर्म है आप यहाँ से अर्निंग कर, कर सकते हैं यहाँ से लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप इसका जो है मोड भी चेंज कर सकते हैं यानी कि नाइट मोड में करना है लाइट मोड में करना है जिस तरह भी तो so फ्रेंड्स आज का ये था हमारा वीडियो तो नेक्स्ट वीडियोस भी हमारे ऑनलाइन रर्निंग के रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट के रिव्यू करेंगे तो मज़ीद हमारे साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बेलाइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचे थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर